सिंगरौली में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा सौर ऊर्जा कैंप लगाया गया जिसमें लोगों को घर-घर सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित किया गया और घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई जिससे लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है सिंगरौली में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा ग्रामीण व शहरी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा कैंप लगाया गया कैंप के माध्यम से घर घर सौरी ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित किया गया जिससे सौर ऊर्जा लगाने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने बड़ा फायदा हो रहा है एम के सहायक अभियंता दिनकर द्विवेदी शहर अभियंता अजीत सिंह बघेल व एम के ग्रामीण अभियंता अवनीश कुमार सिंह ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़कर लाभ उठाएं। साथ ही शहर व ग्रामीण उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा लगाने खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वर्तमान परिवेश में ग्रीन एनर्जी तो हमें जैसा कि ग्लोबल में हम सुन रहे हैं सभी विश्व स्तर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी तरह हम सिगरौली के विद्युत उपभोक्ताओं से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी छतों को यूटिलाइज करते हुए उसमें सोलर रूफ स्टाफ का इंस्टॉलेशन कराएं लगवाएं जिससे कि आपके घरों में जो बिजली की खपत हो रही है जिसका आपको बिल मिल रहा है उस बिल को कम किया जा सके और आपकी छतों में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसका भी यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो सकता है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए योजना उतनी ही कारगर है और सिमिलर प्रकार के जो है जैसा शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से लाभ है उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी और उसके यूनिट्स की बराबर लाभ है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं